अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं आपको ना ही किसी को रेफर करना है ना ही आपको एक रुपये इन्वेस्ट करना है और ना ही आपको यहाँ पर कोई गेम प्ले करना है और आप डेली वेज जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आप लोग दस डॉलर अर्न कर सकते हो अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो आप यहाँ पर आठ डेली वेज अर्न कर सकते हो बिना कुछ किए तो आप बोलोगे भाई आप बेवकूफ़ तो नहीं है ये क्या बोल रहे हो डेली वेज बिना कुछ किए हम दस डॉलर किस प्रकार से अर्न कर सकते हैं सो so, ये वेबसाइट अगर आपको लग रहा है कि ये वेबसाइट बेवकूफ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस वेबसाइट की आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि ये वेबसाइट किस प्रकार से आपको दस डॉलर देती है क्या करने का दस डॉलर आपको ये आपके अकाउंट में देती है बट इसके लिए आपको इसकी पूरी स्ट्रेटेजी को समझना होगा किस प्रकार से ये वेबसाइट आपके लिए दस डॉलर फ्री में प्रोवाइड कर रही है बट अगर आप लोग ऐसे में सोच कर जा रहे हो कि भाई वारिस तुम तो बहुत गलत बोल रहे हो क्योंकि कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो हमें बिना कुछ किए इतना यहाँ पर पैसा दे दे तो भाई अगर आपको यकीन आता है कि हाँ हम बिल्कुल सच में यहाँ पर दस डॉलर डेली वेज बिना कुछ किए बिना एक रुपए इन्वेस्ट किए बिना गेम खेले यहाँ पर अर्न कर सकते हैं तो आप विश्वास के साथ इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप 2000 हजार परसेंट यहाँ पर अर्निंग करने वाले हो तो यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं चलते हैं वेबसाइट की तरफ वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको क्या करना है इसको क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है सो तो अगर आप लोगों के पास देख ऐसा स्मार्टफोन है तो आप लोग हंड्रेड अर्न करने वाले हो सो तो अब देखो ज्यादा कुछ बात नहीं करते हैं यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ तो वेबसाइट को जैसे आप ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर कुछ आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाते हैं अब यहाँ पर ये वेबसाइट क्या करती है ये वेबसाइट आपका जो डाटा होता है यानी जो आपका वेस्ट डाटा होता है उस वेस्ट डाटा को ये कोटोमेटिकली जितना भी आपका जैसे मान लीजिए आपको वन ली जी बी डेढ़ जी बी टू जी बी जितना भी डाटा मिलता है उस डाटा में से जितना भी डाटा आपका जाता है वेस्ट जाता है उस डाटा को ये कलेक्ट करता है और उस डाटा के बदले में आपको यहाँ पर यह वेबसाइट पैसे देती है अब आप ऐसे में सोच रहे हो कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेढ़ का ढाई का रिचार्ज कराते हैं दो का रिचार्ज कराते हैं बट वो एक महीने का रिचार्ज होता है तो ये किस प्रकार से हमें दस दस बीस रुपए के एमबी के बदले में देगी तो भाई मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस को समझा रहा हूं पहले सबसे पहले आप इस वेबसाइट की प्रोसेस को समझो कि किस प्रकार से आपको इसके अंदर साइन एप होना किसके पास से आपको ये पैसा देगी जैसे आप अंदर इस वेबसाइट के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पर सीयर ओर इंटरनेट कनेक्शन एंड मैक मनी ऑनलाइन कुछ आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं यहां पर मैं आपको नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ उसको विंडो के अंदर एंड्रॉयड के अंदर और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है आपके पास लैपटॉप है आपके पास आईफोन है तो आप सभी में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को क्रोम ब्राउजर में भी ओपन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी इसको ओपन किया हुआ है अब यहाँ पर देखो आप सामने साइन ऑप्शन से हो रहा है आपको करना साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा जस्ट कुछ इस तरह बट उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अर्निंग करने वाले और चैनल नहीं हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है यूर नेम ई क्रिएट ए पासवर्ड रिपीट ए पासवर्ड आपको की करना है यहाँ पर अपना नेम फिलअप करना है ईमेल आईडी आई डी करना है जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो और यहाँ पर आपको देखो पांच डॉलर तो फ्री में मिल जाते हैं यानी कि आपको चार सौ रुपए तो फर्स्ट में जैसे आप इसके अंदर साइनअप हो जाते हो तो पांच डॉलर तो आपको फ्री में मिल जाते हैं इस वेबसाइट की मदद मतलब से और आप इनको डायरेक्टली विड्रो भी कर सकते हो विड्रो करने का भी तरीका बताऊँगा किस प्रकार से आप विड्रो कर सकते हो साइनअप करने के आपको पांच डॉलर की यानी चार फ्री में मिल जाते हैं सो अब यहाँ पर क्या करना है जैसे साइनअप करोगे दोबारा से साइनअप करने के बाद यहाँ पर लॉग के अंदर आ जाना है और आपको ई मेल जो आपने ई डाली थी और पांच वर्ड जो आपने पांच वर्ड वहां पे पर फिलअप किए थे और इसके बाद यहां पर आपको करना है लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक सो so यहां पर कंटिन्यू करने और लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद करंट बैलेंस आप यहां पर देख सकते हो पाँच डॉलर और यहां पर मिनिमम जैसे ही आपके दस डॉलर आ जाते हैं तो आप इनको विड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो कलेक्ट दस डॉलर टू रिक्वेस्ट ए पे आप यहाँ पर डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे आउट कर सकते हो अगर आपके यहाँ पर दस डॉलर हो जाते हैं तो यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ पर दस डॉलर हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पे आउट कर सकते हो और रेफर करने का तरीका बता दूंगा अगर आप लोग रेफर की मदद से चाहते हो तो यहाँ पर नीचे इसको डाउनलोड ऐप डाउनलोड एक ऐप का ऑप्शन से होगा अब यहाँ पर देख सकते हो आप इसको विंडो के अंदर फोन पे के फोन के अंदर यानी गूगल प्ले स्टोर के अंदर एप्पल स्टोर के अंदर कहीं से भी इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हो यहाँ पर मैक मनी ट्रैप मोनिटाइजर ऐसा ये एप्लीकेशन आपके सामने से हो जाता है अगर आप लोग इसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट आपको पैसे दे देती है बट आप बोलोगे कि भाई आप तो बोल रहे तो आप हमको ना ही कोई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना है ना ही किसी को शेयर करना है वो तो आपको बोनस तरीका बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर शेयर कर इंस्टॉल कर, कर, कर ये इनसे भी अर्निंग कर सकते हो बट आप लोग कैसे अर्निंग कर पाओगे अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो जो मैंने अभी आपको बताया एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद वहां पर क्या होता है कि जो भी जितना भी आपका वेस्ट डाटा होता है सिर्फ आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके छोड़ देना है जितना भी आपका वेस्ट डाटा होता है उसको ऐटोमेटिकली बैकग्राउंड में कलेक्ट करता रहता है और वहाँ पर उस जो डाटा होता है उसकी मदद से आपको ये वेबसाइट ये एप्लीकेशन पैसा देती है अब यहां पर देखो रेफर ऑप्शन रेफर करना चाहो तो आप यहाँ से किसी को रेफर भी कर सकते हो रेफर की मदद से भी आप पैसा कर सकते हो थ्री डॉट पर क्लिक करना है पेमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पर करंट बैलेंस हो, हो जाएगा यहां पर रिक्वेस्ट ए पे आउट कर सकते हो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर दस डॉलर हो जाते हैं साइन अप कर रहे आपको पांच डॉलर मिल जाते हैं और ये वेबसाइट जिसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए बताया यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी भाई बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है आपने ये जरूर देखा होगा कि काफी ज्यादा जैसे कि डाटा बेचने वाली वेबसाइट है कि डाटा यहां पर उनको आप शेयर करो उसके बदले में आपको पैसा देती है बट यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है सिर्फ को इंस्टॉल करना होता है वहां पर बैकग्राउंड में जितना भी आपका डाटा वेस्ट जाता है उस डाटा की वजह से आपको ये वेबसाइट पैसे देती है सो इस प्रकार से इस वेबसाइट की मदद मतलब से आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो